सभी है, हम है हजारों में अब की कमे जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो हेलो दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों यूट्यूब पर छह सात महीने पहले एक ट्रेंडिंग टॉपिक चला था माय फर्स्ट ब्लॉग इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर मैं भी अपनी डाल दूँ जिसके कारण काफ़ी लोग वायरल हुए थे और काफ़ी लोगों की ज़िंदियाँ ही बदल गई थी और फिर से वही टॉपिक अब दोबारा ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये टॉपिक इतनी जल्दी ट्रेंडिंग हो रहा है इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि कुछ लोग तो छः से सात घंटे में वायरल हो रहे हैं और लेकिन किसी किसी का टाइम लेता है वायरल होने में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके ऊपर वीडियो जरूर बनानी चाहिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए तो चलिए आज का लोग यहीं खत्म करते हैं मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में